नमस्कार भैया जय राम जी हाँ आपने इसमें क्या क्या डाला है तो इतना हरा भरा और मस्त दिख रहा है आपका धान इसमें मैं शुरू में पावर और भूमिधन शुरू में डाल दिया था उसके बाद फिर इसको ब्यासी करने के बाद में 15 दिन के बाद नाइट्रो सील और स्टिक इसमें डाला हूँ और ये जो रिजल्ट जो है आपके सामने में है तो आप इस क्षेत्र के किसान लोग को क्या सलाह देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं तो यही सलाह देना चाहता हूं कि रासायनिक जो डाल रहे हैं उससे हमारे जो जमीन जो है कड़ा होते जा रहा है रासायनिक से जो जो जो फसल हो रहा है वो भी नुकसान हो रहा है तो मैं यही सलाह देता हूं कि ऑर्गेनिक का उपयोग करो और मैं किसान लोग को ये खेत जो है अपना दिखाने भी लाता हूँ अच्छा अच्छा और आज भी लाया था तो किसान जो है कि अपने खेत में और डालने के लिए तैयार हो गया है ठीक ठीक तो एक धान के कंसा को देखते हैं कितना है गिनो तो सर उनको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस पच्चीस कौन से हैं?